मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सागर जिले की समीक्षा बैठक ली मुख्यमंत्री ने जिले में जल योजना बिजली आपूर्ति और सीएम हेल्पलाइन में मिली शिकायतों पर नाराजगी जाहिर की साथ ही जिले में विकास के लिए पूरी टीम को साथ मिलकर काम करने की बात कही मुख्यमंत्री चौहान ने जिला प्रशासन के साथ वीसी के माध्यम ऐसी सरकारी योजनाओं की समीक्षा बैठक ली जिसमे उन्होंने जिले में प्रशासन की व्यवस्थाओं आरोप नाराजगी जताई मुख्यमंत्री ने कहा जल जीवन मिशन के काम में प्रतिशत कम क्यों है जिस पर मंत्री गोपाल भार्गव ने बताया कि जल जीवन मिशन के कार्यों में विगत माह से कार्यों में प्रगति आई है। मुख्यमंत्री ने पीएचई के अधिकारियों से पूछा कि एकल जल योजनाओं में शिकायत क्यों मिल रही हैं? एकल जल योजनाएं कितनी हैं? साथ ही जिन समूह में जल योजना का काम चल रहा है वह समय पर हो रहा है या लेट समूह पे योजना की गुणवत्ता देखी क्या कमिश्नर का योजनाओं को लेकर क्या ऑब्जर्वेशन है मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री ने रिस्टोरेशन के काम को लेकर पूछा कि जो कार्य के बाद सड़क खोदते हैं वे समय पर रिस्टोर हो रहे हैं या नहीं साथ ही सीएम ने कहा कि रेट्रो फिटिंग और नल जल योजनाओं कार्यों में गड़बड़ बिल्कुल ना हो हर घर को पानी देने की ये योजना बहुत महत्वाकांक्षी योजना है इस पर अधिक ध्यान देने की जरूरत है जिले का कहीं भी कोई गड़बड़ी होनी चाहिए मुख्यमंत्री चौहान ने बिजली आपूर्ति की शिकायतों पर कहा कि बार बार बिजली जाना और वोल्टेज कम होने के पीछे क्या कारण है आप क्या कर रहे हैं जिस पर चीफ इंजीनियर ने कहा कि बारिश की बारिश के चलते परेशानी बड़ी है इस पर सीएम ने कहा कि अगर आपके पूरा प्रयास करने पर भी ये शिकायतें हैं तो व्यवस्थाओं में खामिया हैं। संतुष्टि न हो जनता को तो क्या फायदा मुख्यमंत्री ने कहा सीएम हेल्पलाइन में आवास योजना ग्रामीण को लेकर शिकायतें आई है इसकी जाँच हो रही है या नहीं उन्होंने कहा कि रोजगार सहायक में जिसने भी गड़बड़ी की हो उसकी सेवा समाप्त करो और जेल भेजो साथ ही जिन की दूसरे खातों पहुंची है उन्हेंगत प्रसव स्ट्रीट वेंडर योजना आंगनबाड़ी मुख्यमंत्री जन सेवा शिविर के विषयों पर प्रशंसा व्यक्त की मुख्यमंत्री ने हमारा बहुत प्रमुख और बड़ा जिला है हमारे नेतृत्व भी प्रभावशाली है और इसलिए जिले का विकास भी कैसे आइडियल हो सकता है इसके लिए पूरी टीम को मिलकर ये प्रयास करना चाहिए ट्रिपल वन